सब्सक्राइब करिए आपला लग चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे क्या किसी ने सोचा था चार साल में नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे चलिए देखते हैं आज के वीडियो में चार साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत को किस तरह से बर्बाद कर दिया है क्या चार साल पहले किसी सोचा था कि भारत चार साल पीछे चला जाएगा क्या चार साल पहले इसी ने सोचा था कि भारत जुमलों के बलबूते भाजपा को जिताएगा क्या चार साल पहले सोचा था कि भारत अच्छे दिन के चक्कर में बेवकूफ बन जाएगा क्या चार साल पहले इसी ने सोचा था कि भारत एक डॉलर के मुकाबले रुपया सत्तर के पार हो जाएगा चार क्या चार साल पहले सोचा था कि भारत बुलेट ट्रेन के झांसे में फंस जाएगा? क्या साल पहले सोचा था कि भारत फेक डिग्री वाले को प्रधानमंत्री बनाएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करेगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बन जाएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत बेरोजगारी में नंबर वन हो जाएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि पेट्रोल नब्बे पार कर जाएगा क्या चार साल पहले किसी सोचा था कि रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा क्या चार साल पहले किसी सोचा था कि सिलेंडर 950 के पार चला जाएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि कर्ज के कारण आत्महत्या को मजबूर किसान जब प्रदर्शन करने निकलेंगे तो उन पर गोली चलाई जाएगी क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि एक लाख तीस हजार करोड़ का राफेल घोटाला सामने आया क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि सीबीआई जैसी संस्था को बर्बाद कर दिया जाए क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि नोटबंदी के कारण अपने ही पैसे के लिए लाइन में सैकड़ों लोगों को जान गवानी है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि जीएसटी से हर व्यापारी त्राहिमाम करने लगेगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि अरबों रुपए लेकर फरार हो जाएंगे क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि पत्रकारों को नौकरी से निकाला जाएगा दोस्तों अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए